हेलो दोस्तों वेलकम बैक माइनिंग ब्लॉक्स आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तो दोस्तों आज है अंबेडकर जयंती और आज का दिन है 14 अप्रैल 2023 तो फिलहाल जाएंगे आज हम अंबेडकर पार्क जो कि वहां पे अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट किया जा रहा है तो फिलहाल वीडियो को कंटिन्यू करते हैं तो दोस्तों हम रूम से निकल दिए अब जा रहे हैं अम्बेडकर पार्क है। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ अम्बेडकर पार्क बट बहुत हीड़ है आज और पुलिस सिक्योरिटी भी है इस मैं अम्बेडकर पार्क में एंट्री कर लिया हूँ अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम होगा गैस एरा पहाड़ यहां से देखने पे अंबेडकर पार्क का लुक कुछ इस तरह दिखता है जा रहे हैं अपने रूम पे। सोशल पॉलिटिकल दोस्तों मैं अम्बेडकर पार्क से पहुंच चुका हूं अपने रूम पे तो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं हेल्प करता हूं इंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक यू बाय बाय लर्थिंग बाई